दोस्तों पांच सबसे बकवास लाइफ लाइफेक्स जिन्हें गलती से भी कभी ट्राई मत करना नंबर वन दोस्तों यहाँ पर ये मैडम इस बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है मगर तभी ये भाई साहब अपना 100 आई क्यू वाला दिमाग यूज करते हैं और ओपनर की जगह मेजर टैप से ही ढक्कन को खोल देते हैं नंबर दो दोस्तों यहाँ आरोप पंखे की हवा खाने के लिए इन दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हो जाता है मगर तभी ये भाई साहब यहाँ आरोप आते हैं और अपने पेंट ऐसी इनकी परेशानी ही दूर कर देते हैं मतलब वाह भाई क्या ही दिमाग लगाया है नंबर तीन दोस्तों इन मैडम को रात में बुक पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है जिसके बाद ये मैडम उस पेज आरोप कचअप देती है ताकि उन्हें दूसरे दिन भी वो पेज याद रहे नंबर छह दोस्तों यहाँ पर ये मैडम उल्टे चम्मच से कॉन्फ्लेक्स खा रही है मगर कॉन्फ्लेक्स है कि इनके चम्मच में आ ही नहीं रहे जिसके लिए ये मैडम चम्मच को हथौड़े से मार मारकर मोड़ देती है अब इन्हें कौन बताए कि चम्मच को सीधा करके भी खाया जा सकता है नंबर पाँच दोस्तों यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ पिज्जा ऑर्डर करती है मगर पिज्जा तो ठंडा हो जाता है जिसके लिए ये लड़कियाँ पिज्जा को गर्म करने के लिए अवन का यूज नहीं करेगी बल्कि अपने छोटे ऐसी दिमाग को यूज करके एक पूरा यूजलेस सेटअप तैयार करेगी